प्रोफेसर उस आयने को देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो वही सदियों पहले हम्पी राज के स्थापित के जैसा है कहीं ये वही तो नहीं प्रोफेसर की बात सुनकर नताशा कहती है कौन सा हम्पी राज नताशा के इस सवाल पर प्रोफेसर एक बहुत प्राचीन किताब निकालते हैं और नताशा के सामने रख देते हैं नताशा उसे खोलकर पढ़ने लगती है सदियों पहले हम्पीराज में क्रूर राजा राज करता था राजा के सैनिक पड़ोसी गाँव को अक्सर लूटा करते थे एक दिन सेना के प्रमुख सेना से कहता है कि जाओ गांव वालों को लूट लाओ जो भी सोना चांदी मिले सब उनसे छिना लाना इतना सुनकर राजा के सैनिक जाते हैं और गांव वालों के साथ मारपीट करते हैं और सबको छिना लेते हैं इधर इन सब बातों से परेशान होकर गांव के मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे बोला कि हम सब धार्मिक लोग हैं इनसे इस तरह नहीं लड़ाई कर सकते हैं और ना ही जीत सकते हैं इतना कहते ही सब लोग बोलते हैं कि अब हमें बाबा केवल काल भैरवी ही बचा सकते हैं हमें उनके पास चलना चाहिए इतना सुनकर सारे लोग बाबा काल भैरवी के पास पहुँच जाते हैं